subscribe now and press the bell icon never miss an update aaj ki raat lagta hai buraana mera naseeb hai aa tujhe wal chalu ke ghar mera thodi kareeb hai mere kolo kolo langi di si sapo wangu dange di si tabhi to tujhse dil lagaa